है गाइज़ वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल मेगा लाइफ भी ब्यूटी में आपका स्वागत है तो देन गाइज आज मैं लेके आई हूँ कोकटेल मेकअप लुक तो so फाइनली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड देन वीडियो को लाइक like करना शेयर करना और प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जाके अपना एक प्यारा सा कमेंट करना ठीक है तो वीडियो इस्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो भी प्रोडक्ट होंगे मेकअप प्रोडक्ट वो सारे अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट हैं ठीक है अगर आप परचेज करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं मेकअप की तो मॉइस्चराइज़र की जगह पे आज मैंने लिया यहाँ पे मोदी केयर का सनस्क्रीन अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है मतलब अवेलेबल नहीं है किसी टाइम तो आप अपने सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो फाइनल लुक आप देख सकते हो कि कैसे आएगा वीडियो के लास्ट में ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर सनस्क्रीन ली है अपने मॉइस्चराइज़र की जगह पे तो वो मैंने इस्तेमाल की है उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइमर के लिए लूँगी एलोवेरा जेल जो कि अगर आपके पास प्राइमर नहीं है या फिर मतलब आपके पास एलोवेरा जेल है या फिर प्राइमर है कुछ भी हो आप यूज़ कर सकते हो बट अधिकतर मैं ये एलोवेरा जेल को ही यूज़ करती हूँ प्राइमर के लिए क्योंकि इसका जो कवरेज है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी अभी इस टाइम पे गर्मी का टाइम है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि हम मतलब एलोवेरा जेल को यूज़ करें प्राइमर के लिए ठीक है आप चाहो तो आप भी कर सकते हो एंड देन आप स्किप करना चाहो तो इसको कर सकते हो ठीक है उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर कवरेज स्टूडियो का कंसेलर तो मैं सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो कंसिलर है उसको सेट आउट कर रही हूँ अपने फेस में एंड देन जिससे जो मेरी इवेंट टोन स्किन है वो इवेंट टोन ही आए वैसे मतलब मेरा फेस में मतलब ज़्यादा दाग दब या फिर मतलब निशान वगैरह नहीं है पिंपल वगैरह फिर भी हम मतलब अपने स्किन टोन को एक मतलब मैचिंग लुक देने के लिए जिससे हम जब फाउंडेशन लगाएंगे अपनी स्किन में तो वो अलग अलग ना लगे एंड देन वो पैची पैची लुक ना दे गाइस ठीक है उसके बाद हम इसको अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड कर लेंगे ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है जिससे मैं अपना फ़ाउंडेशन कंसीलर लूज़ पाउडर ठीक है वो चीज़ें भी मैं सेट आउट करती हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंसीलर को कर रही हूँ अपनी स्किन में सेट जिससे जो मेरी स्किन है वो इवन टोन हो जाए उसके बाद मैं इसको ऐसे सेट कर लूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विज ब्यूटी का और टूंग ट्स ठीक है ट्विंग टूंस खैर जो भी बोल लो इसमें आपको जेल लाइनर और अपनी आईब्रो को शेप देने के लिए पाउडर मिला रहता है ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड देन फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है जो कि मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आप परचेज किया कीजिए ऐसी ऐसी, ऐसी चीज़ें ये जो आपको मतलब ठीक ठीक बजट में मिल जाती है सीखे पहले तो और बहुत ज़्यादा क्रीमी बेस आता है इसमें देखो एक दो बार लगाने से ही हमारी जो शेप है वो बिल्कुल एक मतलब इतना अच्छा शेप ले लेती है हमारी आईब्रो की जो शेप होती है बहुत अच्छा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये वाला मैं जब भी मेकअप करती हूँ मैं सिर्फ इसको ही यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज़ के लिए एंड देन जब मुझे कभी जेल आईलाइनर की ज़रूरत होती है या फिर मतलब फिलिंग करना होता है लोअर लेस में तो मैं इसको ही जो है अप्लाई करती हूँ और कभी कभी मैं लाइनर के लिए भी जेल लाइनर ये यूज़ कर लेती हूँ इसका ठीक है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस बहुत ज़्यादा अच्छा अगर आपको चाहिए तो आ, मैं अपने मतलब सारी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ अगर आपको देखना भी हो तो आप वहाँ पर जा देख सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैंने स्कूली से अपने आईब्रो को कर दिया सेट आउट ठीक है आपको शेप जैसे भी चाहिए राउंड में चाहिए स्क्वायर में चाहिए आपको जैसे चाहिए आप वैसे दे सकते हो ठीक है तो यहाँ पे मैंने पहले कर लिया है अपने आईब्रोज़ को सेट उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है फिर से कवर स्टूडियो का कंसिलर और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ को जो है एक लास्ट टच दे रही हूँ जिससे जो मेरी आईब्रो की आ, मतलब शेप है वो भी और ज़्यादा उभर के आए और ज़्यादा अच्छी लगे और प्यारी लगे ठीक है तो मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को एक अच्छे से शेप दे दूँगी बिल्कुल इसी तरह जो भी आपको शेप चाहिए मतलब इस टाइम पर अगर आपको अपनी शेप चेंज भी करनी है ना आप वो भी कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आसान टेक्निक है टेक्निक ही बोल सकते हो आप इसको कंसेलर से अपनी आईब्रो को जैसे मनमर्जी आप शेप दे दो ठीक है सेम प्रोसीजर मैं अपनी दूसरी अपनी आईब्रो में कर रही हूँ ओके तो मैं ऐसे ही सेम प्रोसीजर अपनी दूसरी आईब्रो में कर रही हूँ गाइस मैं इसको भी कर लूँगी क्लिन ठीक है और यहाँ पर मैंने फिर लूज पाउडर लेके यहाँ पर मैंने कंसेलर को कर दिया सेट कंसीलर से क्या होता है जो हमारा आई मेकअप भी होता है ना वो बहुत अच्छा मतलब एक न्यू लुक देता है जैसे हम ब्लेंड करते हैं तो वो अजीब लगता है ना तो वो नहीं लगेगा अब आपका जब आप कंसीलर करोगे लूज बॉर्डर से सेट करोगे आपका जो आई मेकअप है वो जल्दी से भी हो जाता है और देन वो पैची लुक नहीं देता अपनी आई में और जो कटक्रीज़ होती है वो भी बहुत अच्छे से ड्रा हो जाती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मे का ठीक है तो इसको कर लूँगी मैं अपने सेटिंग ब्रश से सेट फाउंडेशन बहुत अच्छा है फिटमी का कम बजट में है एंड देन बहुत अच्छा कवरेज देता है ये जबकि मैं आ, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पूरा मेकअप ना मैं सिर्फ फिटमी फाउंडेशन से, फिट से करूँ बाकी कुछ ना लगाऊँ कोई कंसेलर यूज़ ना करूँ ठीक है तो मैं सोच रही हूँ अभी तो बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो उस वीडियो के लिए कि आप आ, करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है आपको जैसा अच्छा लगेगा आप मेरे को दूसरी वीडियो के लिए भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आ, अभी तो मतलब फिलहाल अभी एक मतलब किसी ने कमेंट किया हुआ था तो अभी मुझे उस चीज़ के लिए वीडियो बनानी है ज़रासल टाइम नहीं मिलता तो फिर नहीं हो पाता जल्दी जल्दी में इसलिए तो कभी कभी लेट हो जाती है वीडियो आने में तो मैंने यहाँ पर कर लिया है अपने कंसिलर को सेट तो उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने लैक मेका सेटिंग पाउडर लूज पाउडर और मेकअप फिक्सर पाउडर और जो भी आपको नाम मतलब बोलते हो आप उसको कुछ भी बोल सकते हो मैं तो उसको सेटिंग पाउडर बोलती हो क्योंकि जो हमारा मेकअप होता है उसको एक लास्ट फिनिशिंग लुक देता है एंड देन बहुत अच्छा टच देता है तो यहाँ पर मैं अपने मेकअप को वो सेटअप कर लूँगी मेकअप सेटिंग पाउडर से ही लूज़ पाउडर जो है अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट में ही आता है और वर्क इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है इस बहुत ज़्यादा एकदम से आप मतलब जब इसको यूज़ करोगे ना कभी भी आप खुद से कभी इसको यूज़ करके देखना अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लेना और अगर है तो आपको पता ही होगा ठीक अच्छा है बहुत अच्छा काम करता है बहुत ज़्यादा अच्छा आप सोच रोगे कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर अपनी आइज़ के नीचे क्यों लगा रही हूँ वो इसलिए जब हम मतलब कभी ग्लेटर लगाते हैं अगर आई मेकअप करते हुए थोड़ा झड़ता है या कुछ होता है तो जब हम उसको वहाँ से मतलब रिमूव करेंगे तो क्या होता है वो हमारी स्किन में नीचे पकता ठीक है आप चाहो तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे जो मैंने लिया है यहाँ पे ब्लश एंड देन हाईलाइटर ये दोनों ही चीज़ें इसमें होती हैं ये स्विज ब्यूटी का है ठीक है इसमें हाई लाइटर विद ब्लश आता है दोनों सेम तो मैं अभी ये इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब मैं अपना आई मेकअप करूँगी तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तब तक आपने कभी भी देखा होगा जब मेकअप करता है कोई भी तो थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगाता है क्यों क्योंकि वो अपना हमारी स्किन में जो है वो वन से टू जो मतलब लेयर होती है वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है इसलिए हम कभी भी मेकअप करते हैं तो थोड़ा डार्क करते हैं यहाँ पर मैंने मरू, मरून शेड लिया है सॉरी यहाँ मरून शेड लिया है और इसको मैंने अपनी कर लिया है आईज में फिल एंड देन मैं उसको पहले बराबर टोन में लगा लूँगी उसके बाद मैं इसको करूँगी ब्लेंड ठीक है बहुत धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी ज़्यादा नहीं करूँगी ठीक है अगर तेतीस करती हूँ मैं मेकअप तो शायद आपको पता भी ना चले एंड देन पूरी तरह दिखाई भी ना दें तो इसलिए मैंने आज मतलब अपनी वीडियो बिल्कुल फास्टिंग नहीं की है स्लो वीडियो है नॉर्मल है जैसे मैंने क्रिएट किया है जितने भी टाइम में वही सेम टाइम जो है ये मेरी वीडियो में है ठीक है गईस तो मैं यहाँ पे इसको कर लूँगी ब्लैंड बहुत अच्छे से अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो ऑलमोस्ट मैं ये बात आपको हमेशा बोलती हूँ अगर आपकी आई मेकअप पे ब्लेंडिंग अच्छी है गैज़ तो आपका हमेशा ही आपका आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा ठीक है आप कभी भी अपना आई मेकअप करते हो मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि आप अच्छे से ब्लैंडिंग करो उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है रेवोल्यूशन का ये आई पैलेट से ही और थोड़ा सा शिमरी कलर आ, जो कि अभी थोड़ा मतलब गोल्डन टच में भी है और सिल्वर टच में भी है ठीक है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपनी आइज़ में और मैंने कट क्रीज तो ड्रा नहीं की बट आप देखना कि मैं कट क्रीज थोड़ा सा लाइटली ड्रॉ करूँगी वो मैं कैसे करूँगी आप अभी देखते रहना तो मैं आपको पहले ये दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ ये आई शेडो जो है वो कहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाद में फिर से वही मरून शेड लेके वो मैंने अपनी आउटर कॉर्नर में लगाया है एंड देन मैंने इनर कॉर्नर के लिए क्या है थोड़ा थोड़ा ब्लेंड ताकि मिक्सिंग हो जाए अलग अलग ना लगे थोड़ा मिक्सिंग हो जाए और ये जो आई मेकअप है आप इसको बहुत ज़्यादा जल्दी कर लोगे देख रहे हो सिर्फ दो मिनट में ही जो आपका आई मेकअप है हो जाएगा उसके बाद रेवल्यूशन के आई शेडो पैलेट से ही मैंने थोड़ा सा वाइट जो है कलर लिया है मतलब ये थोड़ा शिमरी वाइट है जैसे हाईलाइटर होता है स्विम वैसे ही तो मैंने यहाँ पे लिया था जिससे जो मेरा आई मेकअप है वो थोड़ा सा और मतलब ब्राइट लगे एंड देन एट्रैक्टिव हो अच्छा सा लगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया था ब्लू हेवन का लाइनर ये भी मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट मेकअप का जो आ, मतलब फेवरेट आ, एक प्रोडक्ट होता है तो उनमें से ही मेरा ये एक है मैं हमेशा ही ब्लू हेवन का ही अधिकतर मतलब यूज़ करती हूँ लाइनर रेगुलर में भी जब मुझे इधर उधर कहीं जाना होता है या मुझे जब अपने सलोन जाना होता है तो तब भी मैं आ, मतलब मोस्ट यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है एंड देन जब आप इसको रिमूव करते हैं तो ये बिल्कुल भी, भी मतलब फैलता नहीं है उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी जो लोवरलेस लाइन है यहाँ पे मैं जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ जो कि मैंने आपको बताया था पहले जब मैंने अपनी आईब्रो को फिल अप किया था आ, काजल लगाती हूँ तो जो जो है मतलब फैल जाता है तो काजल मैं कम लगाती हूँ ठीक है अभी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जिससे आपकी जो जेल जहलाइन रही ना फैले या आपका कभी कभी भी काजल लगा वो भी ना फैले अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो ठीक है देखते रहो वीडियो में कि मैं आपको क्या टेक्निक बताऊंगी उसके बाद यहाँ पे लिया मैंने जहली हिल के आई सेडो दो पैरेड दोबारा और जो कि मैंने मरून से फिल किया था अपनी आई में मेकअप में वहीं मैं अपने लोवर लेस्ट लाइन में जो जेल लाइनर लगाया है उसके नीचे थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करूँगी जिससे मेरी जो जेल लाइनर है वो मतलब पूरी आईज़ में ना फैले नीचे के लिए और मेरा मेकअप पे मतलब उसका कुछ पर्पज़ गंदा सा ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ब्लेंडिंग कर लिया है और आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने मेकअप में जिससे आपके जो है काजल या जेल लाइनर हो वो ना फैले उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है बुड्डा ब्यूटी की ये पलके तो पहले मैं इसको अपनी आइज़ में लगा के देख लूँगी कि शेप बराबर है या नहीं और अगर लंबी होगी कुछ भी होगी तो मैं इसको कैंची से कट कर दूँगी तो पहले यहाँ पर मैं लगा के देख रही हूँ ठीक है कि मतलब ये कैसी है अभी मैं इसको लगाऊँगी नहीं सिर्फ मैं इसमें जो है ग्लू लगा के रख दूँगी आप कभी भी अपने पल लगाते हो गए तो एकदम सही ग्लू लगा के ना चिप गए अपने में फिर जो हमारा लाइनर होता है आई मेकअप होता है उसमें जो है कि थोड़ा फ़र्क पड़ता है तो वो क्या होता है ख़राब हो जाता है फिर हमारा आई मेकअप जो होता है इसलिए आप ग्लू लगाइए और उसको थोड़ी देर के लिए ना साइड में रख दीजिए ताकि ना वो जो है थोड़ी सी मतलब ना सूख जाए एक ना पूरी तरह तो नहीं लेकिन थोड़ी सी जो है वो सेट हो जाए एक्चुअली हमारी आइज़ में लगने के लिए तो तब तक वो होता है तो यहाँ पे मैं अपना एक लास्ट टच दे देती हूँ अपने मेकअप में वो देखिए मैंने जो रिमूव कर दिया है यहाँ पे मैंने थोड़ा सेटिंग पाउडर ज़्यादा यूज़ किया था वहाँ देखिए कुछ भी आपको आई मेकअप का जो है कुछ भी गिरा हुआ नहीं लगेगा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और बाद में मैंने फिर से स्वीट ब्यूटी का यहाँ पर हाईलाइटर विथ आई ब्रश लिया है सॉरी यहाँ वो कभी कभी बाई मिस्टेक निकल जाता है मुँह से तो यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा जो है हाई लाइट करूँगी अपने चिक्स को नोज़ को लिप एरिए को फोरहेड को एंड देन आई मेकअप के लिए भी मैं थोड़ा सा इसको जो है हाई लाइट करूँगी जिससे जो मेरा आई मेकअप है वो और भी ज़्यादा प्यारा लगे आप कभी भी अपना आई मेकअप करते हो तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखो ठीक है थोड़ा सा हाई करना ज़रूरी होता है जो हमारा आई मेकअप है वो ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब उभर के आता है ठीक है तो यहाँ पे मैंने फिर अपनी आई आई आईज में जो है पलकों को लगा दिया है प्रॉपर और देखना आप कितनी जल्दी लग गई और ये वाली पलक ने तो मेरा बहुत ज़्यादा जीना हराम कर दिया था बट कोई बात नहीं वो क्या है तो हाथ में चिपक जाता है ना तो तब हो जाता है नहीं तो जल्दी से ही लग जाता है उस दिन हो ही क्या था बस कि मेरे हाथ में जो है थोड़ा सा ग्लो लग गया था तो बार बार चिपक जा रहा था बट बहुत जल्दी लग गया था बाद में ना इसलिए आप परेशान मत हो ना कभी भी अपनी जब पलके लगाओ तो आप इसी ट्रिक से ही लगाना बहुत ज़्यादा इजी एंड दैन जल्दी से लग जाएगी आपकी ये उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक पहले तो ये है रेड शेड ठीक है तो पहले मैं इसको लगाऊँगी अपने लिप में और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी अभी आप देखना वीडियो के एंड में आपको फिर से दिखेगी तो यहाँ पे पहले मैं हुडा ब्यूटी की जो लिपस्टिक है वो लगा लूँगी इसका लिंक पर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको ये मैंने मीशो से परचेज़ की है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है एंड देन गाइज बहुत अच्छा एक लुक आता है इसको लगा के जो हमारे लिप है ना वो जब ड्राई हो जाते हैं और ये है हुडा ब्यूटी की और दैन ये गाइज मैट लुक है उसके तो बाद मेरे को ये वाले लिपस्टिक थोड़ी मतलब ऐसे नहीं लगी मतलब मेकअप के हिसाब से वैसे तो अंदर ये मोस्ट मतलब फेवरेट है मेरी ठीक है तो मैंने यहाँ पे ली थी लैकमे की लिपस्टिक उससे लिया था मैंने मरून शेड थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है ना आई मेकअप मेरा मरून से है लगा हुआ तो मैंने सोचा कि लिपस्टिक को भी थोड़ा सा क्यों ना शेड दे दूँ ही तो मैंने यहाँ पर फिर लैकमे की लिपस्टिक्स ले एक अच्छा सा शेड दे दिया था अपने लिप्स में ठीक है तो हमारा यहाँ पे मेकअप जो है वो फुल एंड फाइनल होने वाला है तो ये है गाइज़ मेरा आज का फाइनल लुक आप देख सकते हो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना एंड देन वीडियो को एक कमेंट कर देना लाइक कर देना अपना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है जब आप मेरे को कमेंट करते हैं लाइक करता है, है मेरी वीडियो को और मुझे मोटिवेशन होता है आपकी कुछ कमेंट से ठीक है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना तो बस जाइज आज की वीडियो में इतना ही था ये मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हो तो प्लीज अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड देन वीडियो को लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना और साथ में एक बेलाइकन बना होगा वहाँ पर प्रेस करके जरूर जाना और दैन अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फॉलो लिंक भी मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का एंड देन अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं और यदि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे आप वीडियो के बारे में कुछ भी बोल सकते हो ठीक है कैसी लगी क्या अच्छा लगा क्या पहल वीडियो था और प्लीज़ बाकी आप मुझे मेरी वीडियो के लिए सजेस्ट भी कर सकते हो लास्ट में क्या वीडियो मतलब Uh, क्या क्या ये मुझे चेंज करना चाहिए मतलब क्या क्या और मतलब मुझे अपनी वीडियो में नया कुछ लाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना ठीक है और बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड देन शेयर कर देना प्लीज़ मेरी वीडियो को तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय बाय